तो हेलो गाइस वेलकम टू आर माय यूट्यूब चैनल तो यार गाइस मेरा पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है कि रास्ते पे जो भी कार मिले उसको कलरिंग कर देने गाइस जो दिख रहा है आपको ये रहा मेरा शोरूम और इसको कलर करके मैं जो कंपनी था वो कंपनी जिसने मुझे ऑर्डर दिया था वो कंपनी को ये कलर करके दिखा, दिखाया मैंने तो ये मेरा ब्लैक स्कॉर्पियो तो ये बहुत फेवरेट है मेरा तो इसको लेके जाऊंगा मैं और रास्ते पे जो भी कार दिखे मुझे सबको कलर कर दूँगा तो। वो माय गॉड थोड़ा तो सा देख के चलाना होगा क्योंकि मजबूत है और कोई टेंशन नहीं तो देख सकते हो अंदर से भी बहुत अच्छा इन तीनों को कलर करने वाला हूँ पहले तो क्या होगा कि कलर करने से लोगों की दिखाई देगी और कंपनी का फायदा होगा तो पहले एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कलर करके तो लोगों को पसंद आएगा ये कलर तो इधर से नहीं होगा शायद डोर के साइड होकर परमिशन देना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा उन माय गॉड। अमेजिंग लुक इसको भी कर देते हैं वाइटल हो गया अब ये सामने जो कार है उसको भी कर देते हैं बहुत महंगा कार है ठीक है ओके हो गया अब जाएंगे सीधे ट्रेन के पास। देखते हैं ट्रेन वाले क्या कहता है हाँ बोलता है तो ठीक है उसका ट्रेन कर दे कलर और नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं रेन देते क्योंकि कौन चाहता है कि बेफालतू कलर नुकसान करूँ मेरी के पास जाऊंगा तो ठीक है अभी रुकता है रुकते हैं इधर इधर लगा ले भैया ठीक है अभी ट्रेन के पास जाएंगे उसको पूछेंगे कि आपका ट्रेन कलर करानी है कि नहीं पूछ लेते हैं पहले नहीं बोल रहे ठीक है हेलो भाई कलर करानी है हेलो जबाब नहीं दे रहा है क्या नहीं नहीं बोल रहा है नहीं करने का ठीक है चलो कोई बात नहीं बहुत दड़े वाले ट्रेन वाले नहीं चाहिए एडवर्टाइजमेंट करना लेकिन ट्रेन को कलर करने से फायदा ही होता क्योंकि तो ट्रेन बहुत लंबी दूर तक जाता लोगों को दिखता ठीक है अभी जो भी कार मिले सामने सब कलर कर देंगे तो चलिए सामने के लगभग ही इसको कलर करते हैं क्या ठीक है इस फ्रंट साइड के दिखाऊंगा अंदर ये देखो कितना फूल दिखता है स्कॉर्पियो का ठीक है अभी कलर नहीं करेंगे शायद मेरा कलर खत्म हो गया होगा लाना पड़ेगा मेरा शोरूम से ये रहा मेरा शोरूम तो इधर से लोड कर लेते ठीक है कर लिया मेरा बैग में है देख सकते हो अभी जो भी कार आएगा सामने उसको रंग देंगे ठीक है ये लेम्बोरगिनी को रंगेंगे पहले वो वाइट कार को पहले उसके बाद लेम्पोर् तो हाई होक आई होक वीडियो पसंद आई होगी तो चल से